उतावलेपन से कैसे बचें उस इंसान के साथ अपनी पहली मुलाक़ात को याद कीजिए जिसके साथ आपकी कई आदतें मिलती हूँ जब आप ये सुनते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही सोचता है या आपसे मिलती जुलती पसंद रखता है तो आप उनके साथ खुलकर बात करने के लिए उतावले हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ये बताने लगते हैं कि कैसे आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ये उतावलापन सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास दिलाता है कि कि आप अकेले और बिना कोई दोस्त वाले व्यक्ति हैं इसलिए इस बात की पूरे आसार हैं कि वो आप में ज़्यादा दिलचस्पी ना लें इसी कारण हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हम कैसे इस उतावलेपन की आदत को दूर करें हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी आप कैसे अपने उतावलेपन की आदत को दूर कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे काफ़ी मिलता जुलता हो तब आप तेज़ी से किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचें अपनी हर आदत को धीरे धीरे उनके सामने लाएं जितना आप उनको अपनी आदतें बताने के लिए इंतज़ार करवाएंगे उतना ही आप पे आत्मविश्वास व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे इसके बाद आप एक और परिस्थिति के बारे में विचार कीजिए जहाँ आपको सामने वाले व्यक्ति से सम्मान और प्रेम की आवश्यकता है जो हम सबको देती है तो क्या ऐसी भी कोई तकनीक है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति का प्रेम आदर हासिल कर सकते हैं इसके लिए आपको बस एक साधारण सी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा बातचीत की शुरुआत सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करके करें ना कि खुद के बारे में इसका कारण ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति कितना सम्मान है तो वो अपने ही तो वो अपने आप ही सम्मान देता है अब जब इतनी सारी तकनीकें सीख चुके हैं तो ऐसा संभव है कि लोग ये देखने लगें कि आप हर व्यक्ति से इतनी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर बात करते हैं इसका असर ये भी हो सकता है कि लोग समझना बंद कर दें कि आप उन्हें अपने लिए एक विशेष व्यक्ति मानते हैं हमारी अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे लोगों को ये महसूस करवाएँ कि वो एक ख़ास व्यक्ति है आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो उस व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार की मुस्कुराहट अपने दिमाग में सोच कर रखें जो व्यक्ति आपके लिए जितना खास है उसे उसी प्रकार के मुस्कुराहट दें हर जगह पर एक ही तरह के मुस्कुराना आपकी मुस्कुराहट को लोगों के लिए झूठा साबित हो सकता है इसीलिए जो लोग आपके बेहद करीब हैं उनको एक विशेष मुस्कुराहट दें ताकि उन्हें ये एहसास हो कि वो आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं इसी के साथ समरी समाप्त होती है मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद